जो देखा तो ये हेलो हेलो आप लोग समझे क्या मैं पटा लूँगा अरे नहीं वो लड़की तो मेरे गाना सुन के मर गई अब तो मैं जेल जाऊँगा ओके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अब तो मैं जेल जाने वाला हूँ